जब धूल भरी हवा ना चले धूल भरी तो कम कहो बर्फ भरी हवा ना चले तो गुड आफ्टरनून होता है भारत में एवरी आफ्टरनून इज गुड आफ्टरनून तो बिना सोचे समझे हमने गुड मॉर्निंग गुड नाइट गुड आफ्टरनून करना शुरू किया है ये मूर्खता की निशान अब उनके यहां तो सूर्य नहीं है तो सूर्य नहीं है तो समस्याएं ही समस्याएं हैं सबसे बड़ी समस्या क्या है सूर्य ही एक ऐसी शक्ति है पूरे प्रकृति में ब्रह्मांड में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 और उसी का दुष्परिणाम आज हमारे जीवन में है कि जिन 108 करोड़ लोगों को स्वस्थ रहना चाहिए था वो किसी न किसी बीमारी में फंसे हुए और भगवान न करे आने वाले समय में क्या होगा हर पांच साल से छोटे बच्चे को हम पोलियो की वैक्सीनें पिला रहे हैं एक बार पिलानी थी दो बार पिलानी थी अब दस बार हो गया बीस बार हो गया पच्चीस बार हो गया अब बंद ही होने का नाम नहीं ले रहा यूरोप में शायद यह मास वैक्सीनेशन जरूरी है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 कम से कम मेरी जनरेशन में जितने लोगों को मैं जानता हूं किसी ने पोलियो वैक्सीन नहीं लिया हम में से तो किसी को पोलियो नहीं हो गया कारण क्या है हमको बचाने वाला सूर्य है हर दिन है और गर्मियों में जब सूखकर सूर्य का, का तापमान 50 डिग्री चलिया जाता है तो आप तो परेशान होते हैं गर्मी से लेकिन वो अच्छा है क्योंकि वह पचास डिग्री तक पहुंचकर सब जीवाणु कीटाणुओं को साफ कर देता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 आपकी जो उंगलियां है ना एकदम जाम हो जाएंगी इनमें फ्लेक्सिबिलिटी चली जाएगी और शून्य के नीचे पांच डिग्री गया दस डिग्री गया तो ये तो हिलाना भी मुश्किल हो जाएगा हाथ का और जो आटे में पानी मिलाया है वो तो कुछ और ही हो जाएगा वो पानी ही बर्फ हो जाएगा आटा को बर्फ में कैसे मिलाएंगे तो रोटी नहीं बनेगी इसलिए यूरोप में कोई रोटी बनाना नहीं जानता रोटी नहीं बना पाते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 तो वहाँ क्या होता है बड़ी बड़ी फैक्ट्रिया होती हैं, जहाँ गेहूं भेजा जाता है और उन फैक्ट्रियों के अंदर आप कभी जाके देखें तो आटे को सड़ाया जाता है टैंकों में भरके रखा जाता है और वो आटा दो दिन पांच दिन दस दिन सड़ता रहता है आंखों से खुली आंखों से देखें तो उसमें कीड़े बदबदाते रहते हैं छोटे छोटे कई बार जो उनके इलाकों में बहुत होते हैं फिर उन्हीं कीड़ों को आटे के साथ मैश कर दिया जाता है फिर उसी से पावरोटी बन जाती है अब उस पाओ रोटी को ही खाना है सवेरे दोपहर शाम चौथी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 कि ये जो गेहूं का आटा वो सड़ाके पाव रोटी या डबल रोटी बना लेते हैं अब ये वही खा सकते हैं और पचा भी सकते हैं क्योंकि जिनके वातावरण और तापमान का प्रकृति के हिसाब से मेल बैठता है ना वही उसको खा पी के पचा भी सकते हैं आपके तो बस की बात नहीं है हालांकि आजकल वहां के भी डॉक्टर कह रहे हैं कि यह अब आसानी से पच नहीं रहा है क्योंकि आपके पेट में जो सिस्टम है भोजन को पचाने का वह सूर्य के साथ जुड़ा हुआ है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 राजी भाई हमको थायराइड की समस्या हो गई है ये थायराइड उन सभी को होने वाला है जो पिसा हुआ नमक खाएंगे और थायराइड में के दोनों ही हिस्से हैं हाइपर थाइराइडिज्म हाइपो थाइराइडिज्म दोनों में हम फंसे हैं और हमारी करोड़ों माताओं बहनें फंसी है उसका एक छोटा सा कारण है पिसा हुआ नमक जितने दिन आप ये खाते रहेंगे थाईराइड से कभी भी बाहर निकल ही नहीं सकते कितनी भी गोलियां खाएं कितने भी इंजेक्शन लगाए लेकिन जैसे ही नमक बदल देंगे बिना दवा के थाइराइड ठीक हो जाएगा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 उनके समझ में आ गया मैंने कहा बस कल से आप ऐसा करो नमक बदल दो पिसा हुआ नमक खत्म कर दो डेले वाला लाओ वो बहन जी ने शुरू किया है अभी आठ महीने हो गए हैं वो बराबर हो गई अट्ठावन किलो वजन है वैसा ही शरीर है और वो कहती है अब मुझे थाईराइड की समस्या नहीं अब वो कहती है राजीव भाई मैंने लाखों रुपए खर्च कर दिए आठ साल से मैं दवा खा रही हूं इतने इंजेक्शन ले लिए कहा मैं गई डॉक्टरों के चक्कर में लेकिन किसी डॉक्टर ने ये नहीं बताया कि आप ये नमक पिसा हुआ मत खाओ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 घुटने इतने अकड़ जाएंगे कि उठ के खड़ा होना मुश्किल हो जाएगा और गलती से आप खड़े हो गए तो बैठना तो बिल्कुल मुश्किल हो जाएगा अब जरा सोचो कि चार बर्फ की सिल्ली जो मुश्किल से जीरो डिग्री सेंटीग्रेड की है हम दस मिनट अपने चारों तरफ रख लें तो शरीर अकड़ जाता है यूरोप के लोगों को नौ नौ महीने बर्फ के चारों तरफ ही रहना पड़ता है बिताना पड़ता है तो शरीर के सारे ज्वाइंट्स उनके स्टिफ होते हैं कड़क होते हैं उनमें फ्लेक्सीबिलिटी नहीं होती तो वो बेचारे क्या करें